कब लागू होगा जब केवल दो कैपेसिटर जुड़े हुए हो हो जैसे मान लीजिए पर एक संधारित्रिया गया अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे C2, तो इसका ऐसे करेंगे बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे सी टू प्लस सी वन अपान सी वन इंटू सी टू तो अब यहाँ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 दो है नहीं नहीं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं C1 वन इंटू सी अपान सी वन लेकिन यहाँ पर तीन है तो इसे हम लोग वैसे ही निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1 C सी C1 का मान कितना दिया है चार मान लीजिए C1 हो गया या C2 हो गया या C3 हो गया सी का मान कितना दिया है चार प्लस वन का मान कितना दिया है आठ प्लस वन का मान सोलह अब इन तीनों का यम निकालेंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा 16 अब यहाँ पर चार है चार का कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए तो चार चौक 16 तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा जाएगा प्लस अब यहां पर आठ है आठ दूना 16 तो यहाँ पर दो बार आएगा तो ऊपर हमेशा दो का गुणा प्लस अब यहाँ पर 16 है सोलह एकनम सोलह तो यहाँ पर एक हो जाएगा अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार दो छह बराबर सात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 एक संधारित्रिया हुआ मालीजी हो गया अब यहां पर क्या पूछा तुल्य धारिता पूछ रहा है अब मालीजी इसका बांध दे दी गठ माइक्रोफेराड यहां पर इतना हो जाएगा सोलह बटा सात माइक्रोफाइरोड यहाँ पर दे दिए आठ माइक्रोफर यहाँ पर दे दिए नौ माइक्रोफाइरो और यहाँ पर दे दिए तीन तो अब हम लोग इसे कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें नॉर्मल फार्मूला पता है C बराबर सी वन प्लस C2 टू प्लस सी तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 का मान कितना है आठ C2 का मान नौ C3 का मान तीन तो C बराबर कितना हो जाएगा नौ तीन नौ तीन बारह बारह आठ बीस तो कितना हो जाएगा बीस माइक्रोफर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 तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यह पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड 2020 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड 2020 में तो अब इसमें क्या होगा इस प्रकार से दिया है तो हम लोग इसमें पहचानेंगे ये वाला ये ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समानता क्रम में तो समांतर क्रम वाले को पहले हल करते हैं यहां से ये दोनों क्रम में है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा 9 प्लस वन बराबर टेन माइक्रोफर क्यों क्यो? क्योंकि समानता क्रम का फॉर्मूला होता है सी बराबर सी और यहाँ पर दो संधारित रहे तो एक का मान हुआ नौ एक का मान हुआ दस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 तो अब यह सभी किसमें जुड़ गए श्रेणी क्रम में तो आइए श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है वन अपान सी बराबर सी वन सी वन की जगह यहां पर है चार मान लीजिए या सी टू हो गया या सी थ्री हो गया या सी फोर हो, हो गया तो अब यहाँ पर सी वन है सी वन की जगह पर यहां पर है चार तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपान अब यहाँ पर सी है सी का मान है दो तो वहां पर हो जाएगा वन अपान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 तो दोस्तों अगर हम लोग इसका एलसीय निकालेंगे तो इसका एलसीय आएगा 20 तो यहां पर कितना हो जाएगा कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए तो चार पंजे 20 तो यहां पर हो जाएगा पांच प्लस यहाँ पर है दो दो का कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए 10 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस यहां पर है दस दस का है दो बार गुणा करेंगे बीस हो जाएगा यहाँ पर है चार चार का पांच बार गुणा करेंगे तो बीस हो जाएगा तो टोटली कितना आएगा दस पांच पंद्रह पंद्रह दो सत्रह सत्रह पांच तेईस तो यहाँ पर हो जाएगा तेईस बटा बीस तो अब यहाँ पर है वन अपान सी बराबर तेईस बटा बीस तो सी बराबर कितना हो जाएगा बीस बटा तेईस माइक्रोफर या इसका क्या हो गया एंसवर हो गया या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन था बीस बटा तेईस दिया था तो सोचिए एक नंबर बिना इतना लंबा करना पड़ा। अगर है तो अब आइए आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें अब हम लोग अलग क्वेश्चन को देखेंगे तो आइए तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला यह अभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2017 में यूपी बोर्ड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो अब इसे हम लोग कैसे हाल करेंगे तो इसमें देखिए ये दोनों किस्में है श्रेणी क्रम में ये दोनों किस्में है श्रेणी क्रम में तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर श्रेणी क्रम में और दोस्तों आप लोग याद कीजिए अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित हो तो इसके लिए सूत्र क्या है तो यहां पर कितने हैं दो संधारित रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा दो गुणे पांच अपान दो प्लस पांच बराबर हो जाएगा दस बटा और यहां पर भी वही होगा तो यहां पर भी हो जाएगा दस बटा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 इसका भी मान है 10 बटा सात माइक्रोफर अब एक इसमें है समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है C बराबर सी प्लस सी तो C बराबर यहाँ पर कितना है 10 बटा सात प्लस दस बटा सात तो कितना हो जाएगा C बराबर 20 बटा सात यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन यहां भी था तो यहां पर ऑप्शन दिया था बीस बटा तो वहां पर सही था तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अब आइए हम लोग तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय जै भारत